तो भाई जब भी आप कंप्यूटर में काम करते हैं तो कंप्यूटर स्लो होता है हैंग होता है दिमाग ख़राब हो जाता है कोई कंप्यूटर पुराना होता है लैपटॉप पुराना होता है तब भी हमारा दिमाग ख़राब होता है तो आज मैं ये सब से आपको छुटकारा दिलाने वाला हूँ आपको मैं छोटी सी दो चीज़ बताऊँगा उससे आपका कंप्यूटर थर्टी तक फास्ट हो जाएगा तो सबसे पहले क्या करना है आपको अपने कीबोर्ड से स्टार्ट बटन मतलब विंडो बटन और आर बटन दबाना है। इसके बाद में ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा आपका ये वाला डायलॉग बॉक्स खुलेगा इसमें आपको यहाँ पे टाइप करना है टी ई एम पी ये टाइप करके और फिर सीधा एंटर मारना है एंटर मारने के बाद में यहाँ पे कुछ फाइलें खुलेंगी ये मेरे दो ही खुल रहे हैं हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा खुले इसको कंट्रोल ए दबाना है सेलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है इसके बाद में पीछे जाना है ये एक दो फाइल जो रह जाए तो उसको छोड़ देना है इसके बाद में सीधा बैक स्पेस दबाना है यहीं से यहाँ ने के बाद में एक और आपको फोल्डर मिलेगा उसका नाम है प्री फैच प्री फैच नाम का ये जो फोल्डर है इस पर आपको डबल क्लिक करना है यहाँ जितनी भी फाइलें आपकी दिख रही है सभी को कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लो और कंप्यूटर से डिलीट बटन दबा के इनको भी डिलीट कर दो ये फाइलें जब डिलीट हो जाती हैं तो ये आती है सीधी रिसाइकिल बिन में अब आपको रिसाइकिल बिन पर डबल क्लिक करना है और इसमें जितनी भी फाइलें हैं वो सबको भी आपने सीधा डिलीट कर देना है, कंट्रोल ए करके जब ये डिलीट हो जाएगी तो रिसाइकिले तो ये वाला डायलॉग बॉक्स खुलेगा और इसमें आपको मिलेगा एडवांस सिस्टम सेटिंग ये एडवांस सिस्टम सेटिंग पे आपको क्लिक करना है इसके बाद में एक और डायलॉग बॉक्स खुलेगा सिस्टम प्रॉपर्टीज में इसमें एडवांस में जाके यहाँ पे आपको सेटिंग दिखाई देगा ये जो सेटिंग दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो भी ऑप्शन सेलेक्ट है उसको हटा देना है और सीधा एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस सेलेक्ट करना है अप्लाई करना है और सीधा ओके okay कर देना है अब आपका काम हो गया है आप अपने सिस्टम को चेक करें आपकी स्पीड थर्टी तक बड़ी या नहीं मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं तब तक के लिए थैंक यू